बस इतनी सी बात है की जिनमें बहुत पैसों का गरूर है उनकी औकात से हम रहते ही दूर हैं। तो बुरे वक्त में छोड़ गई थी आज उसे ये पछतावा नहीं सहन होगा पर असली रिएक्शन तो उसका तब देखना है जब उसका बच्चा भी हमारा फैन होगा me, दिमाग से मोटा है पर समझता खुद को जोसी ने खुद की शक्ल मक्खी जैसी है पर चाहिए उस अब किसी को क्या ही बताऊँ की हमें बिगाड़ने वाला भी मेरा दोस्त कमीना है <laughs>